आप फ्रेंड एचडी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे इसके रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं ओपन कर रहा हूं यहां फ्रेंड आप देख सकते हैं इसको दस करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है ओपन करेंगे नॉर्थ दिस्ट टाइम करेंगे यहाँ फ्रेंड आपको कुछ सेटिंग करनी होगी आप सेटिंग पर जाएँगे या आप ऑडियो सेटिंग में जाएंगे यहाँ म्यूट हुआ हुआ है आपको माइक्रोफोन करना है ऑडियो सेटिंग में माइक्रोफोन करने से जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होती रहेगी वीडियो सेटिंग पे जाएंगे यहाँ फ्रेंड रिजोल्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अभी हमने एक हज़ार अस्सी कर दिया यहाँ क्लिक करा आप प्लस के आइकन पर जाएंगे यहाँ से फ्रेंड यूट्यूब के लिए आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल के लिए आप लाइव स्ट्रीमिंग भी यहाँ से ही कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्ट ना हो करेंगे वीडियो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी आप फ्रेंड एचडी क्वालिटी में आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी मैं प्रैक्टिकली आपको ये बता रहा हूँ आप करके जरूर देखना फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब